जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना अरे जी मेरी लागी लगन मत, मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना अरे जी मेरी लागी लगन छोड़ना हरी जी मेरी लाड खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की खेती बुआई मैंने तेरे नाम की मेरे भरोसे मत छोड़ना मेरे भरोसे मत छोड़ना लला जी मेरी लागी अगले मत तोड़ना गोपाल मेरी लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना लागी लगे मत तोड़ना हरी जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना तो हरी जी मेरी जल है गहरा नाव पुरान जल है गहरा नाव पुराण बीच ना भवर मत छोड़ना हमारे मत छोड़ना जी मेरी लागी लगने मत छोड़ना हरी जी मेरी लाग लागी लगने मत तोड़ना लाग लगन मत तोड़ना हरी जी मेरी लाग लगन मत तोड़ हरी जी मेरी लाग लगन मत तो। सेठ साहूकार तू ही मेरा सेठ साहूकार है ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे ब्याज पे ब्याज़ मत जोड़ना हरी दी मेरी लाग लगे मत छोड़ना हरी दी लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन मत तोड़ना हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना हरी जी मेरी लागी लगन मत तो ोपाला मेरी लागी लगने